तुम्हारे पास पैसा नहीं है तुम्हें पता है तुम्हारे पास वो संसाधन नहीं है जो तुम्हें चाहिए तुम्हारा सपना है घूमने का तुम्हारा सपना है आईफोन खरीदने का तुम्हारा सपना है वो फेवरेट जूता खरीदने का तुम्हारा सपना है विदेश घूमने का तुम्हारा सपना है बड़ा बंगलो बनाने का तो इसमें शर्म किस बात की, की क्योंकि खुजली तुमको है तो खुजालना भी तो तुमको ही पड़ेगा भाई खुजली तुमको है ना कोई बोल रहा है भाई दो आस्ते आज देखो मैं आपको रास्ते बताता हूं जिंदगी के ये जिंदगी है आपकी मैं मैं यहां से बता दू ये जिंदगी है आपकी आपको कुछ भी नहीं आता है आपको फाइव स्टार होटल में चेक इन करते नहीं आता है आपको बोर्डिंग पास निकालते नहीं आता है आपको बोलते नहीं आता है आपको सोशल मीडिया चलाते नहीं आता आपको कुछ भी नहीं आता है करेक्ट आपको कुछ नहीं आता है मान रहे हो आपको कुछ नहीं आता है आपके पास दो ऑप्शन होते हैं या तो राइट पेड़ आगे लेके स्वीकार करो कि मुझे नहीं आता है आज से मैं हर दिन सीखूंगा या तो यू टर्न ले लो और चद्दर डाल के बिस्तर पर